आज हम आपको बताएंगे कि श्रम कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको डिजी लॉकर अप्लीकेशन में जाना है और डिजी लॉकर अप्लीकेशन का हम आपको आज अकाउंट भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं और उसमें अनेक प्रकार के सरकारी डॉक्यूमेंट है जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी की मार्क हैं हाई स्कूल इंटर की मार्क हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए देरी न करके हम आपको बताते हैं इसमें कि सबसे पहले आप अपना श्रम कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे सब पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डिजी लॉकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से है तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है मैंने अपने सेट में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है मुझको केवल ओपन करना है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसका इंटरफेस नजर आएगा इस पर आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड इस पर आपको क्लिक करना है जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिंग इन और क्रिएट अकाउंट अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो सिंग इन करके आप लॉगिन कर सकते हैं और अगर आपकी आई नहीं बनी है ये क्रिएट अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से आप जब क्रिएट अकाउंट करेंगे तो ये इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा तो अब आपको इस फॉम को फिल करना है तो चलिए दोस्तों हम इसको फिल कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का फॉर्म नज़र आएगा फॉर्म नज़र आने के बाद आप यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है जो भी आपका आधार पे नाम हो वो आधार के हिसाब से ही डालना पड़ेगा इसके बाद आधार में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है इसके बाद मेल फ़ीमेल या अदर जो भी हों आप यहाँ पर चुन लें उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर एक छः अंकों का पिन बना लेना है तो आप यहाँ पर छः अंकों का पिन दर्ज कर दें उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आई डी यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी अटैच कर देना अगर हो तो कर दें ना हो तो कोई जरूरी नहीं है उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है दर्ज करने के बाद सबमिट इस सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे रजिस्टर्ड होने के बाद आपको यहाँ पर सिंग इन इस सिंग इन पर आना है सिंग इन पर आने के बाद आप देख सकते हैं मोबाइल आधार या तो आप मोबाइल नंबर से जो आपने डाला था उससे लॉग करें या आपने कोई यूज़र नेम बनाया हो तो यूज़र नेम तो जो आपने शुरू में नाम डाला है उससे कर सकते हैं या आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं तो दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने जो शुरू में क्रिएट अकाउंट करने के समय जो पिन बनाया था वो यहाँ पर आपको पिन डाल देना है पिन डालने के बाद सिंग इन इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा उस ओ को यहाँ पर फिल कर देना है तो चलिए दोस्तों फिल कर देते हैं ओटीपी डालने के बाद यहां पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुके हैं लॉगिन होने के बाद यहां पे आपको आपकी आधार से जो फ़ोटो है आधार में वो आपको यहां पे दिख जाएगी दिखने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर बहुत से सरकारी डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वीकलर राशन कार्ड क्लास टेंथ की मार्कशीट इंटर की मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बहुत चीज़ें आप इसमें जो चाहें कर सकते हैं तो चलिए हम आज आपको बताएंगे कि श्रम कार्ड किस प्रकार से किया जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं होम सर्च ईशू डॉक्यूमेंट मीनू यहाँ मीनू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं उसके बाद ईशू डॉक्यूमेंट इस ईशू डॉक्यूमेंट पर आप देख सकते हैं आपने जो जो भी इशू कर रखा है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लगते चले जाएंगे नंबर बाय नंबर तो देखिए हमने आधार इशू कर रखा था पैन वेरिफिकेशन भी कर रखा है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये यह यहाँ पे शो हो गया है आज हम आपको बताएंगे कि श्रम कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए ये सर्च जो आप देख रहे हैं इस सर्च पर क्लिक करना है सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यू यूनिवर्सल अकाउंट नंबर तो आप यहां देख सकते हैं दूसरे नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ईश्रम इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये फॉर्म नज़र आ जाएगा यहां पे आपका आधार पे जो नाम है वो नाम यहां पे लिख कर के आ जाएगा अब आपको यहां पर अपना श्रम कार्ड नंबर दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम श्रम कार्ड नंबर दर्ज कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फॉर्म भरने के बाद आपको यहां पर अपना नाम उसके बाद यू नंबर आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये सब भर देना है भरने के बाद गेट डाक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फेचिंग की जा रही है इसके बाद ये आपका यहां पर डाक्यूमेंट डाउनलोड होकर के आ जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका यू कार्ड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इस श्रम कार्ड आपका डाउनलोड हो चुका है अब इसको आप खोल करके आप देख सकते हैं तो ये आपका श्रम कार्ड आ गया है अब इसको आप चाहें तो पी फ़ाइल पर भी ले सकते हैं ये डाउनलोड का निशान है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या अगर किसी को भेजना हो शेयर करना हो या कोई प्रिंट चाहिए तो इस शेयर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके ये फ़ोन के जो भी शेयरिंग के ऑप्शन हैं ये निकल करके आ जाएंगे आप चाहें तो जिसको भी भेज सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे हम आपको और भी इसमें जो डॉक्यूमेंट आए हुए हैं नए उसकी हम आपको जानकारी देते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों